I never take doubt as a lesson I never second guess it take negativity and reject it may I come my gunda qatil jail se bhaga hua mujrim गाड़ी इधर भाई चलाएगा पार्टी का इंतजाम किधर कर रखा है चल अभी करते हैं भाई अभी बजा आएगा ना भिड़ो एक गणपत बजाना तो बंद किया DJ में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो के सामने वाला कौन है का क्या हो गया